वेलकम बैक टू चैनल आई एम नंदिनी और आज हम कुछ करने वाले हैं बहुत ही ड्रास्टिक <laughs> मुझे सोच के ऐसी आ रही है बट आज हम हेयर कट करेंगे एंड मैंने पहले कोई भी ट्यूटोरियल नहीं देखा है ना ही मैंने मतलब मुझे कुछ पता है कैसे कट करते हैं मोर ओवर मैं बिना मिरर के करने वाली हूँ जस्ट सामने देख के और ये मेरे पास है छोटो तो सा मिरर इसमें देख के आई डोंट नो मैं इसमें क्या देखने वाली हूँ बट मैंने सोचा थोड़ा चैलेंज करते हैं खुद को एंड <laughs> करते हैं वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे यहाँ पर औरंगाबाद में सेम टाइम टू हाफ्स में हम हा? इसे बीच में से निकाल लेते हैं ओके ठीक है चलो आई थिंक दिस इज गुड इनाफ orb i am going to do what am i going to do i am going to take these sections the front ones it bahut hi lamba hai ये वाला Can you see it? Can you see it? बहुत ज़्यादा वालाट एंड हो चुके हैं मुझे कहे ओ नो मेरे कारों को मेरे कुछ लाग ही नहीं है कल करने के लिए ना माई ना माइन actually collecting this i'm sorry my hair next okay is it aise <laughs> karke i think ye sabse acha lagega <laughs> okay ha hai kya mujhe ye pura ab scrub karna hi padega aise bhi so kuch fine next friend let's see same nigeria the i don't know itna इसको मैं ऐसे पकड़ के <laughs> Next. Strand ये है। ये इतना है फर्स्ट स्ट्रैंड सो आई थिंक ये इतना होना चाहिए इतना ऐसे करते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट कट कर देते हैं ओके डू यू सी सम लेयर सो फॉर आई डोम थिंक यू एक, दिस एंड दिस लेयर ओके यहाँ की नेक्स्ट लेयर इसको मैं पीछे डालती हूँ बाकी सबको खै मैं Okay, I kind आई खाइंड लाइक इट सोफार अब ये इतना लेंगे कट like, कर देती हूँ think. थिंक yep. सी हाउ इट्स सो डिफिकल्ट इतना कुछ बदलते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने एक भी ट्यूटोरियल वगैरह देखा नहीं है इसको कैसे पता इसको करते, करते है इसको ऐसे ऐसे करके कट करते हैं मैं बहुत दिनों से कट कर रही हूँ वैसे मेरे हेयर जैसे लॉकडाउन हुआ है <laughs> एक साल से तो मैंने अभी नहीं देखा है कुछ भी बट मैं पहले मैंने ऐसे रैंडम सा ये देख लिया था क्या बोलते हैं अपना इंस्टा का एक लड़की लड़की हेयर कट कर रही थी उसके देखे थे मैंने Let's see, कैसा दिख like रहा है। मुझे एंड ऑबली मैं बाद में नीचे जाके मेरी माम को बोल दूंगी ये स्ट्रेट कट करने थोड़े बहुत ऐसे ऐसे ऐसे कट करने पड़ते हैं पिश पिश पिश पिश पिश ज्यादा थिकनेस आई नो दैट लुक्स सो जैड राइट नाव साइ प्र आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस हेयर कट ऑनेस्टली एंड ऑब्वियसली मैं नीचे जाके मतलब कि मेरे मॉम से देख मतलब उनको देखने लगाऊंगी पीछे का साइड एंड स्ट्रेट कर दूंगी कि जो कुछ भी होगा but so far I think I did a good job. Okay, मुझे साफ़ करना पड़ेगा So that was all for this video, guys. कम एंड डाउन बिलो इफ यू लाइक हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर द हेयर कट ऑने ऑनेस्टली कुछ लोगों कोई फर्क नहीं लगेगा but I know that the layering is different and देर आर मच लेस स्प्लेटेंस Obviously, आप लोगों को दिखेगा नहीं कैमरे में से but I feel good. मुझे अच्छी लग रही है So that was all for फॉर दिस वीडियो गाइज कॉमेंट ऑन बी लो इफ यू लाइक माई हेयर स्टाइल कॉमेंट ऑन बी लो इफ यू फॉलोड मी I am not a professional. नॉट अ प्रोफेशनल आई जस्ट पुटिंग इट आउट देर आई एम इन द लॉकडाउन बिकॉज आई एम रियली बोर्ड एंड औरंगाबाद में तो बहुत एक बजे तक सब कुछ खुला है बाद में तो खुला रहो ना रहो वैसे भी बाहर तो जा नहीं सकते सब्सक्राइब so, अगर आप भी घर पर बैठ के bore हो रहे हैं और YouTube देख रहे हैं so subscribe to my channel because I will be coming with lots of new videos for sure. So that's all for this video. I'll see you in the next one. Bye.